दिया है जान तुम्हें देंगे दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगान नहीं करेंगे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 साफ कर दो मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो दिल दे दिया है तुम्हें देंगे इतना नहीं कर सादगी को नहीं जाना आभार की मैं बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना सा